तो ये ब्लैक फंगस वाकई में जब अटैक करता है तो सीवियर कंडीशन पैदा कर देता है इसमें जो ऑर्गन स्पेशली आंखों को निकालना तक पड़ गया है अगर उसको पेशेंट को सुरक्षित बचाना है तो तो ये सीवियर कंडीशन है और अगर हम लोग इसको लाइटली ले रहे हैं तो बहुत सारी दुविधाओं में पड़ेंगे ये एक्सट्रीम केस अभी तक आया है हिंदुस्तान में आ चुका है और इसलिए इसके बारे में बात करनी बनती है लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंख को इफेक्ट करता है या सिर्फ आपके अंधे होने के चांसेज है अगर ये सिवियर कंडीशन में गया तो पेशेंट की मौत भी हो सकती है मृत्यु भी होती है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये जो जानलेवा ब्लैक फंगस है बेसिकली 52 कोविड सर्वाइवर डाइड ऑफ ब्लैक फंगस इन महाराष्ट्र महाराष्ट्र में जो कोविड मतलब 52 ऐसे कोविड सर्वाइवर थे जो जिनकी जो मृत्यु है जिनकी डेथ है वो ब्लैक फंगस से हो गई है जरा समझिए कि कोरोना से बच गए थे ठीक है कोरोना से बच गए थे लेकिन वो ब्लैक फंगस के शिकार हो गए About 40 deaths related to black fungus have also been reported in different parts of state of state Gujarat. Gujarat 40 के करीब डेथ हो चुकी है black fungus की वजह से अगर हमारे घर पर कोई patient है किसी भी चीज का तो उसको हम बचा सकते हैं और ये picture आपको थोड़ा सा हिला सकती है बटे सच है Actual में यह एक problem है जो एक घाव बन जाता है आँख में और देखो सीवियर कंडीशन में आंख तक निकालनी पड़ गई है आंखों की रोशनी जा चुकी है फंगस और नहीं बढ़ जाए इसकी वजह से आंख तक निकालनी पड़ी है और ये सच है